अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए यहाँ पर आपको डोरीम सुजुका और नोबिता दिखाई दे रहा है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन हैं ऑप्शन ए e उनतीस ऑप्शन बी तैतीस ऑप्शन सी ३७ या ऑप्शन डी छब्बीस निन्यानवे प्रतिशत लोगों ने